भूगोल का जनक किसे कहा जाता है पहला ऑप्शन हेरिडोटस दूसरा ऑप्शन एनेक्मेंटर तीसरा चौथा हिकैटियस तो भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का निम्न में से किस विद्वान को है पहला ऑप्शन हेरोडोटस दूसरा एनेक्जीमेंडर तीसरा चौथा, चौथाटियस तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में को जाना जाता है, है। को जाना जाता भूगोल के लिए जोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था पहला ऑप्शन हेरोडोटस दूसरा एनेक्जीमेंडर तीसरा इरोटा स्थानीय चौथा हिकायटियस तो इसका हो जाएगा को को जाता है का शब्द का प्रयोग करने का लिएटा स्थानीस को जाता चौथा भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है किसने कहा था पहला दूसरा, तीसरा, टेलर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बार्नियस को कहा जाता बार्नियस बोला था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मार्ग कर अध्ययन करने वाला विज्ञान है पांचवा क्वेश्चन भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था भूगोल है जो भूतल का अध्ययन है किसने कहा था पहला टॉल दूसरा कौंट तीसरा विय चौथा टेलर तो इसका आंसर हो जाएगा कौंट ने बोला था कौन बोला था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है